या देवी देवी शक्ति नमो नमः नमस्कार मैं परिहार आप देख रहे हैं, हैं दखल न्यूज़ आज देवी साधना के नौ दिन क्या होता है उस पर बात करेंगे नौ दिन माँ के नौ रूपों की आराधना होती है शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा कुषमाण्डा महागौरी, सिद्धिदात्री, ये देवी की नौ हैं। इन्हें कहा जाता है। ये नौ रूपों में होकर भी एक दु या देवी सर्वभूतेशु लक्ष्मी रूपे संस्थित नमस्त नमस्त नमस्त नमो नमः। इन नौ दिनों में देवी के नौ स्वरूपों का पूजन और व्रत किया जाता है माना जाता है माँ पूजन और व्रत से प्रसन्न होती है घरों में व बड़े पंडालों में माँ की आराधना की जाती है पंडालों में माँ की बड़ी प्रतिमा का पूजन महोत्सव के रूप में किया जाता है माँ की मूर्ति महिषासुर का संघार करते हुए नजर आती है घरों में माँ की पूजा माँ का आवाहन कई तरह से किया जाता है कई लोग जवारे बोते हैं कोई अखंड दीप प्रज्वलित करता है कलश की स्थापना की जाती है कोई मां के समक्ष दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो कोई नौ दिनों तक रामायण जी का कृष्ण पक्ष में यानी प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है नौ दिन मां की पूजा होती है मां को प्रसन्न करने के लिए गरबा करके मां की साधना की जाती है सिंदूर खेला होता है अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है मां के नौ स्वरूपों के अनुसार नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें जमाया जाता है मां को भोग में हलवा चना बहुत पसंद है तो कन्याओं को भी हलवा चना पूरी खीरा आदि का भोजन परोसा जाता है फिर कन्याओं को भेंट देकर विदा किया जाता है अश्विन मास की नवरात्रि पर दसवें दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण प्रिय भक्त हनुमान और पूरी सेना के साथ मिलकर रावण पर युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की आराधना की थी नौ दिन तक माँ के नौ स्वरूपों की पूजा करने के बाद भगवान श्री राम ने दसवें दिन रावण को मार लंका पर विजय प्राप्त की इसलिए दसवें दिन दशहरा यानी विजयदशमी के रूप में यह पर्व मनाया जाता है विजयदशमी के पर्व पर रावण के पुतले को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है आज बस इतना ही दखल न्यूज के सभी दर्शकों को दखल परिवार की ओर से नवरात्रि और विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेश